भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम ऑप्शन ए अप्सरा ऑप्शन बी कामनी ऑप्शन सी रोहिणी ऑप्शन डी उर्वरसी तो इसका सही आंसर है ए अप्सरा अगला प्रश्न है अथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम ऑप्शन ए ह्यूमरस, ऑप्शन बी रेडियो अलना ऑप्शन सी कार्पल, ऑप्शन डी मेटाकार्पल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मेटाकार्पल। अगला प्रश्न मानव शरीर संरचना में कौन सी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ऑप्शन ए पित्ताशय, ऑप्शन बी पीयूष ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी यकृत तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अग्नाशय। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय जो कि इस प्रश्न में पूछा गया है अगला प्रश्न है चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं ऑप्शन ए मर्मिकोलॉजी ऑप्शन बी हर्पेटोलॉजी, ऑप्शन सी निमेटोलॉजी ऑप्शन डी नीडोलॉजी तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मर्मिकोलॉजी अगला प्रश्न है निम्न में से सबसे हल्की गैस कौन सी है ऑप्शन है ए न्योन ऑप्शन बी हीलियम ऑप्शन सी नाइट्रोजन ऑप्शन डी ऑक्सीजन तो ऑप्शन के हिसाब से इस प्रश्न का सही आंसर है हीलियम। इन चारों में सबसे हल्की गैस है हीलियम। लेकिन पूछता है सभी गैसों में सबसे हल्की गैस तो उसका आंसर होगा हाइड्रोजन अगला प्रश्न हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है ऑप्शन ए विद्युत चालकता ऑप्शन बी क्रिस्टल क्षरचना ऑप्शन सी घनत्व, ऑप्शन डी परमाणु भार तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी परमाणु भार क्योंकि हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कोयले के अपर रूप होते हैं इसलिए इनका परमाणु भार बराबर होता है अगला प्रश्न है करबोसोन नाम का संबंध किस नाम से है A, B, एस बी एस एन सी आइजक न्यूटन डी अलबर्ट आइंस्टीन तो इस प्रश्न का सही आंसर है सत्येंद्र नाथ बॉस यानी कि ऑप्शन बी अगला प्रश्न इसरो का मुख्यालय स्थित है ए नई दिल्ली बी बेंगलोर सी अहमदाबाद डी उपयुक्त में से कोई नहीं तो इसका सही आंसर है बेंगलोर अगला प्रश्न ट्रांसफार्मर की खोज किसने की ए स्पेंगलर, बी जी मार्कोनी सी माइकल फेराडे डी वॉल्टर हंट तो इसका सही आंसर है माइकल फेराडे यानी कि ऑप्शन सी अगला प्रश्न है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया ए बैकेलैंड बी अल्फ्रेड नोबेल, सी एवो डी बेयर तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी अल्फ्रेड नोवेल अगला प्रश्न है भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है ऑप्शन ए ध्रोव बी हर्षा सी अप्सरा डी डुबला ये पहले भी आ चुका है वीडियो इस में इसका आंसर है ऑप्शन सी अप्सरा अगला प्रश्न है दो कांच के ग्लास एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं तो उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है ए बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर बी जोरों से पीट पीट कर सी अंदरूनी गिलास में गर्म पानी डालकर डी ग्लासों को शीतल जल में डालकर तो इसका सही आंसर है ए बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर अगला प्रश्न है वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड एवं फॉरन पैमाना समान होता है ऑप्शन ए सौ डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन बी चालीस डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन सी -40 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन डी 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो इस प्रश्न का आंसर है सी -40 डिग्री सेंटीग्रेड अगला प्रश्न है कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा ऑप्शन ए है स्वर्ण बी अभ्रक सी तांवा डी चांदी तो इस प्रश्न का सही आंसर है बी इस प्रश्न का सही आंसर है बी अब्रक अगला प्रश्न है किस रंग के प्रकाश की तरंग दर सबसे कम होती है ऑप्शन ए पीला बी बैंगनी सी हरा डी लाल तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बैंगनी बैंगनी रंग की तरंग दर सबसे कम होती है तथा लाल रंग की तरंग दर सबसे अधिक होती है अगला प्रश्न है मुख्य रंग कौन कौन से हैं मुख्य रंग मतलब प्राइमरी रंग कौन से हैं ए लाल पीला नीला बी लाल मैजेंटा नीला सी लाल हरा सफ़ेद डी लाल हरा नीला तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अगला प्रश्न है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के खाली जगह का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन डायनामो बी माइक्रोफोन सी विद्युत मोटर डी वैट्री तो इसका सही आंसर है ए डायनो अगला प्रश्न है किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए उत्तरी ध्रुव पर दक्षिणी ध्रुव पर विश्वत रेखा पर पृथ्वी के केंद्र पर तो इसका सही आंसर है डी पृथ्वी के केंद्र पर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं आर्द्रता किससे मापी जाती है ए हाइड्रोमीटर बी बैरोमीटर सी हाइग्रोमीटर डी थर्मामीटर तो इसका सही ऑप्शन है डी हाइग्रोमीटर से आदा मापी जाती है अगला प्रश्न सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है ऑप्शन ए फैदोमीटर ऑप्शन बी यूडियोमीटर ऑप्शन सी बैरोमीटर ऑप्शन डी पेरिस्कोप तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फैदोमीटर अगला प्रश्न है एक हॉर्स पावर बराबर होता है ए 750 वाट, बी 800 वाट सी 700 वाट डी सात वाट तो इसका सही आंसर है डी सात वाट। अगला प्रश्न है पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है ऑप्शन ए हटल ऑप्शन वी मैक ऑप्शन सी नॉट ऑप्शन डी डेक्टर तो इसका सही आंसर है बी मैक मैक के द्वारा प्राधुनिक गति का नापांकन किया जाता है अगला प्रश्न है पाचकल इकाई है ए आर्द्रता की बी दाब की सी वर्षा की डी तापमान की तो पास्कल इकाई ऑप्शन बी दाब की अगला प्रश्न है रेडियो धर्मता नापी जाती है ए गिगर मूलर काउंटर बी पोलरी सी कैलोरीमीटर, डी बैरोमीटर। तो इसका सही आंसर है ए गिगर मूलर काउंटर